कर मेरे को तो रिवाइव सही है सही है इसको लगा मिटावन हो गया अब मैं ये मोट बताऊंगा शाली को अब दिखाई मोट